दर्शकों जय महालक्ष्मी ओम महालक्ष्म विद्मा चा विष्णु चाह धीम ही तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात दीपावली का पर्व जैसे जैसे पास आता जाता है तैसे तैसे आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं कि पंडित जी लक्ष्मी प्राप्ति का सर्व जो है अचूक उपाय बताइए हमारे जितने दर्शक कुंडली के रिगार्डिंग हमसे बात करते हैं उनमें नाइन्टी लोगों को आर्थिक चीज़ों से ज़्यादा समस्या बहुत मेजर रहती है आर्थिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं फिर चाहे वो लोन का हो ऋण का हो या किसी को पैसे दे दिए हो वापस ना मिलते हो, तो दर्शकों आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा प्रयोग जो कि आपको धनतेरस के दिन करना है और आप देखेंगे कि इस धनतेरस में यदि आपने प्रयोग कर लिया तो एक वर्ष तक की आपके घर में मां लक्ष्मी स्वयं आकर के बैठ जाएंगी ऐसा हमारा मानना है आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले प्लीज आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में मना बेल आइकन दबाइए ज्योतिष संबंधी तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक की बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे हर वर्ष की भ्रांति इस वर्ष भी इक्यावन लोगों की पूजा हम स्वयं अपने घर पर कराएंगे और उनका जो संकल्प वगैरह होगा व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के माध्यम से होगा तो आप लोग वो जो साधना सामग्री रहेगी उसमें दक्षिणावर्ती संख हो गया स्फटिक का श्रीयंत्र हो गया कछुए पे बैठा हुआ उसके बाद पारक के लक्ष्मी गणेश हो गए स्फटिक की माला हो गई चांदी का सिक्का जिस पर सहस्त्रार्चन होता है लक्ष्मी सहस नाम विष्णु सहस नाम और जो है ललता सहस नाम से तो ये सभी चीजें आप लोगों को मिलेंगी बस तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो दर्शकों वो जो उपाय है धनतेरस वाले दिन आपको करना है ये छिपकली से जुड़ा हुआ एक प्रयोग है वैसे तो धनतेरस के दिन छिपकली बहुत कम ही दिखती है क्योंकि पटाखे वगैरह इतने ज़्यादा रहते हैं शोर शराबे रहते हैं वो कहीं छुप जाती हैं जा करके। और आप लोग भी घर की साफ़ सफ़ाई करवाए रहते हैं तो छिपकली बहुत ही रेयर आपको दिखेंगी लेकिन यदि छिपकली दिख जाए दर्शकों तो ये प्रयोग आप लोगों के लिए है आपको करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा कि एक मिट्टी के दीपक में जी हाँ कोई और बर्तन मत लीजिएगा सिर्फ मिट्टी की एक कोई दिया ले लीजिएगा उसमें आपको करना क्या रहेगा गंगा जो है डाल लीजिएगा लाल रोली डाल लीजिएगा कुमकुम जिसको बोलते हैं और दर्शकों केसर डाल लीजिएगा केसर डालने के बाद थोड़ा सा उसमें आप इत्र डाल लीजिएगा माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है इत्र इत्र डालने के बाद ये इन सभी चीज़ों को दर्शकों आम के पल्लव से आप लोगों को अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद आपको करना क्या रहेगा शाम के समय ये क्रिया करनी है आफ्टर सनसेट जहाँ भी जो है आपको छिपकली दिख जाए आपके घर में आपको करना बस यही रहेगा मानसिक रूप से श्रीम मंत्र बीज मंत्र होता है माँ लक्ष्मी का इसका आप लोगों को जप करना रहेगा और उस आम के पल्लों से उस छिपकली के ऊपर आपको वो रोली कुमकुम का जो मतलब गंगा जल में मिला करके केसर डाल के इत्र डाल करके जो मिक्सचर रहेगा उसको आपको छिड़काव करना होगा के ऊपर अपने घर में यह दिख जाए दर्शकों धनतेरस के दिन ये क्रिया कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे माँ लक्ष्मी और कुबेर आपके खजाने को वर्ष भर भरते हैं ये बहुत छोटा सा प्रयोग है बहुत मामूली सा उपाय है लेकिन आप लोग इसको करिए और लाभान्वित क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए है तो आज ही प्राप्त करें दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी कहते हैं कि भारत है जहां है लक्ष्मी लक्ष्मी साथ ही एक चांदी का का सिक्का जिस पर विष्णु कुबेर जो धन के के देवता हैं सहस्त्राचन अनार से, किशमिश से और इलायची से होगा इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित इस फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर कर दशांश हवन किया जाएगा इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा करियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम पिता का नाम दादा का नाम यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने दो मोबाइल नंबर लिख कर या नौ पर व्हाट्सअप करें इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा